जो होता है अच्छे के लिए होता है ये कहानी है एक राजा की जो मिठाइयों का बहुत शौकीन था राजा के लिए मिठाई उसके ही राज्य के सबसे अच्छे हलवाई के यहाँ से आती थी रोज की तरह राजा एक दिन मिठाई खा रहा था तभी उसने देखा कि उस मिठाई के डब्बे में एक मक्खी मरी हुई है ये देखकर राजा को बहुत गुस्सा आया बात तो छोटी सी थी लेकिन वो तो राजा था उसके लिए कोई छोटी बात नहीं थी हलवाई की इस गलती के लिए राजा ने उसे सजा सुनाई और हमेशा के लिए अपने राज्य से बाहर कर दिया इस बात को काफ़ी समय बीत गया एक दिन राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ शिकार के लिए जंगल गया जंगल में थोड़ा अंदर जाते ही उन पर लुटेरों ने हमला कर दिया लुटेरों ने सब कुछ लूट लिया और राजा के सभी सैनिकों को मार दिया राजा किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया और दूसरे राज्य की सीमा में पहुंच गया देखिए सब ठीक कुछ देर में अंधेरा हो गया और वो राजा सुबह होने का इंतजार करने लगे अगले दिन वो राजा उस राज्य के लोगों से मदद मांगने लगे लेकिन दूसरे राज्य के लोग उसे भिखारी समझकर उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे थे वो राजा भूखा प्यासा एक जगह पर ही पड़ा रहा थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति उस राजा के पास आया और बोला महाराज आप यहाँ इस हालत में कैसे राजा बोला कौन हो तू और मुझे कैसे जानते हो उस व्यक्ति ने कहा महाराज मैं वही हलवाई हूँ जो अक्सर आपके महल में मिठाइयाँ भेजा करता था राजा ने उसे सारी बात बताई उस हलवाई ने राजा की मदद करी और उसे वापिस अपने राज्य भेजने का सारा इंतजाम भी कर दिया वापसी के वक्त राजा ने उस हलवाई को वापिस अपने राज्य में चलने को कहा लेकिन हलवाई बोला महाराज इस राज्य में मेरा बहुत नाम है मेरी बनाई मिठाइयाँ इस पूरे राज्य में फेमस है यहाँ आकर मैं काफ़ी अमीर भी हो गया हूँ अगर आप उस दिन मेरी गलती की वजह से मुझे राज्य से नहीं निकालते तो शायद मुझे ये सब कभी नहीं मिल पाता और ना ही मैं कभी आपकी मदद कर पाता आप ऐसे ही भूखे प्यासे मर जाते शायद जो भी हुआ वो सब अच्छे के लिए ही हुआ